Hello guys welcome back welcome to most awaited setup tour तो गाइजर आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे लाइव स्ट्रीम की चैट से लेकर इंस्टाग्राम के डीएम तक एक ही मैसेज था कि सेटअप टूर कब आने वाला है तो गाइज फाइनली सेटअप टूर आ चुका है आज की इस वीडियो में आपको यही दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैं अपनी वीडियो शूट करता हूं कैसे उन्हें मैं एडिट करता हूँ और कैसा मेरा सेटअप है तो चलो यार जल्दी जल्दी अपने टेबल पर तो इस टेबल के सबसे लेफ्ट साइड पर आपको मेरा हेडफोन देखने को मिल जाएगा जो कि है क्लाउड एल्फा काफी ज्यादा बढ़िया हेडफोन है, है और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है इसके अंदर जो नॉइस है बहुत तगड़ी होती है और इसके इसको रखने के लिए मैंने ले रखा है अमेजोन से मैंने मंगाया था मेटल का है तो काफी ज्यादा बढ़िया है अब बात करें इसके राइट साइड में क्या है तो इसके राइट साइड में आपको मेरा की देखने को मिल जाएगा जो की है लॉजी का जी ये जो की है ना मतलब बहुत ज्यादा बेस्ट है मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा ही लगता है और इसके अंदर एक कमी है कि ये आर नहीं है, बट हाँ ये बेस्ट है मेरा जो कि है है का G502, काफी ज़्यादा बढ़िया और ये भी मतलब ना RGB आप इसे नहीं कह सकते, बट हाँ इसके इसके अंदर अंदर जो इसका G का लोगो है, इसके अंदर RGB लाइट जलती है जलती और बाकी सबसे बेस्ट मेरे है। और मतलब की बोर्ड माउस के जस्ट पीछे आपको दोनों मोड देखने को मिल जाएंगे जो कि बेन क्यूकेश रेट के साथ आते हैं काफी ज्यादा बढ़िया मोनिटर है क्योंकि गेमिंग में अच्छा तो गेम खेलता हूं जो फ्रंट वाला है इस पे मैं गेम खेलता हूं और ये जो दूसरा वाला मोनिटर है जब भी मैं रिकॉर्डिंग करता हूं कोई वीडियो तो मैं उसका सॉफ्टवेयर यहां पर रख देता हूं या फिर लाइव स्ट्रीम के टाइम पर लाइव स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर या फिर जो चैट वगैरह रीड करनी होती है तो वो इस मोनिटर की वजह से करवाता हूँ और इन दोनों मोनटर को मैंने माउंट कर रखा है डुअल स्टैंड पे जो कि का का है, है काफी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी और मतलब बजट में भी अभी तो मैं सोच रहा हूं रिकॉर्ड करें बट अभी तक के लिए यही चल रहा है के right में आपको देखने को मिलने वाला है इंटेल का 9th प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड इसके अंदर लगा हुआ है GTX 1070 अब मुझे पता है, जो ग्राफिक कार्ड है, थोड़ा है लेकिन जो मदरवर्ड है वो एकदम व्हाइट पूरी फिनिशिंग के साथ है एनजीएक्स एक कैबिनेट भी है उसके ऊपर थोड़ी बहुत मैंने पर डेकोरेशन आइटम लगा रखे हैं हैं मतलब एक से फेक प्लांट्स जो कि आई किया माइक है तो जो ना आप लोग सोच रहे तो माइक लिया फिर उसके बाद आप वायर देख पा रहे हो ना पूरी पूरी वायर गई हुई है सीधा साउंड कार्ड में अब उसके लिए फिर मैंने ये स्टैंड भी लिया है साथ ही जिसमें ये हो है और जो है, वो हो है मेरा टेबल में उसकी भीड में लगा दिया तो है दोनों की काफी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी आती है माइक से भी अच्छी क्वालिटी आती है एंड जो हेडफोन है उसकी भी काफी अच्छी क्वालिटी आती है और जो साउंड कार्ड है वो है महंगा भी नहीं था सस्ता भी नहीं था बजट में था तो इसलिए मैंने ले लिया अब आप लोगों ने नोटिस किया एक रिंग लाइट लगा रखी है और जो दूसरी वाली रिंग लाइट है वो इसलिए कभी कबार जैसे अपने सेटअप पर नहीं बाहर निकल के शूट करना है तो वो पोर्टेबल है निकाल लेता हूँ बट ये वाली जो है यह सीधा स्टैंड में अटैच हो रही है यहां से नहीं हटाता अब साउंड कार्ड तो आप लोगों ने देख लिया है तो उसके लेफ्ट साइड में भी थोड़ी बहुत नजर मार लो तो सबसे पहले आपको देखने को मिलने वाली है मेरी टॉयकार जो कि एकदम छोटी सी है और इसी के लेफ्ट साइड में रोलकार है, ये भी कार है Rolls -Royce की, तो दोनों मेरे को अपने टेबल पे बहुत पर बहुत ज्यादा प्यारी लगती है इसलिए फ्रंट में रखता हूँ आपको देखने को मिलने वाले गणपति पप्पा तो अपना पीसी ओन करने से पहले सबसे पहले इनका आशीर्वाद दे लेता हूँ और उसके भी लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलने वाला है मेरा थ्री का रूबिक्स क्यूब तो इसे मैं मतलब की बहुत आराम से सोल्व कर देता हूँ तो इसलिए जब भी मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था मैं ऐसे ही सॉल्व करते रहता हूं बे मतलब और बाकी उसके लेफ्ट साइड में आपको एक मेरा छोटा सा टॉय देखने को मिलने वाला है आज से 6-7 सा साल पहले मेरा किंडर जोय में निकला था और मुझे नहीं पता मैंने इसे क्यों संभाल के रखा हुआ है अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसने काफी सारी लाइव स्ट्रीम्स खराब होने से बचाई है मतलब कि कभी-कभार क्या होता है मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा होता हूं और लाइट चले जाती है और सब कचरा हो जाता है तो उसी के लिए मैंने लिया था अपना यूपीएस इससे क्या होता है जब भी लाइट चली जाती है तो मेरा पीसी डायरेक्टली बंद नहीं होता ये मतलब कि 15-20 मिनट का बैकअप दे देता है कि हां भाई 15-20 मिनट है, उसके बाद ये यह क्योंकि गर्मी लगती है बट फिर भी रहता है, मैं अपना बता कर है। तो इसलिए पूरा टाइम गेमिंग, तो गेमिंग करता तो हूँ चीज दिखाता हूं जो कि मुझे सिर्फ और, और, हम तो सारे सारे और, और सिर्फ आप लोग के के लिए बाकी तो यहां पर ये ऑफिस रूम रूम रूम पीछे आपको अपना एक छोटा सा देखने को मिल जाएगा। वैसे इस रूम में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस, तो तो बस तो उन्हें एडिट कैसे करते हो तो रिकॉर्डिंग के लिए ओपन ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेर और की वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना चैनल पे नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और आपके जो भी फ्रेंड्स कह रहे थे कि भाई का सर दिखाओ तो उनको भी ये वीडियो शेयर करना मत भूलना तो चलो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में गुड बाय